महानवमी के मौके पर मुख्यमंत्री निवास में कन्या पूजन कन्या भोज और हवन का आयोजन हुआ इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान ने बेटियों के पाँव पखारे और उनके सुख समृद्धि की कामना की नवरात्रि की महानवमी के मौके पर, पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन किया सीएम शिवराज के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह ने कन्याओं को भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लिया उन्होंने स्वयं कन्याओं को खाना खिलाए के बाद उन्हें उपहार भी दिए इसके साथ ही शिवराज ने कन्याओं का तिलक भी किया हर साल की तरह इस वर्ष भी शिवराज अपने व्यस्त जीवन से पूजा पाठ के लिए भी समय निकालते हैं इस इस मौके पर शिवराज ने सभी को नवरात्रि के इस बावन की शुभकामनाएं दी और बेटियों के पांव पखार कर उनकी सुख समृद्धि की कामना की पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश में अद्भुत आनंद के साथ माँ की पूजा और अर्चना हुई है नवरात्रि का पावन पर्व उत्साह श्रद्धा भक्ति और धूमधाम से मनाया गया है नौ दिनों तक मां के भक्तों ने दिनों रात मां की सेवा की है आज दुर्गा नवमी का दिन है कन्या भोज हो रहे हैं माँ के चरणों में एक ही प्रार्थना है वो जनता पर कृपा की और आशीर्वाद की वर्षा करे सब सुखी हो सब निरोग हो सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्रम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते और वो सदैव रविंद्राथ टूनिटी